कोई जोरिया जमवला के गदहान घोड़ा हो मरी बजौला थे गदहान घोड़ा हो मरी बजौला थे के पोस दूधा के चलो पिलाई के साप केूझ पिलाई एक दिन तोहारे पर कटे खातिर भाई एक दिन तोहारे पर कटे खातिर भाई सीधा कुत्ता पोषण तो न हो सीधा तिलका लगौला से गदहान घोड़ा हो मरी बजौला से गदहान घोड़ा हो मरी बजौला से सूती कबू उजा आई इस न सूती कबू बोल के रजा आई कितन कीमती बैल हो ची सियाई केतनों कीमती बैल हो चिए सियाई सुंदर के बदबुन जाई सुंदर के बदबुन जाई से पटौला थे ना घोड़ा होई बड़ी बदौला थे ना घोड़ा होई बड़ी बदौला थे को राजा नहीं के के गदहाना घोड़ा होई हो गोरा होशो क गाय बूझवा बूझी भाई कहल यशो कगाई बुझवा बूझी भाई का बजौला थे गदहाना घोड़ा हो बड़ी बजौला थे गदहाना घोड़ा हो बड़ी बजौला थे तुम नो डरा नहीं के तुम दरा नहीं के जोड़िया जमौला थे जजहान घोरा हो मरी बजौलाते जहाँ न घोराई मरी बजौलाते जहान घोड़ा हो मरी बजौलाते